के लंगटियाली कैट छ देह छोरी हां देह छोरी काछो तोहर रहल है पीछो देह छोरी जब तोहर रहत है हम कोहन है के बांछ पीछो देह छोरी हरमा में पुती के आही मोरे Ek chhok toh hamala, ek na kaha, jana mawan hume chhori chha. Ek chhok toh hara roj na hai chhau, ek chhok toh hara roj na hai chhau. Ye chhau ri. kis ko nahi maana kaha nahi maana karna na ha tore chuppa gaam mein so kaha nahi chhutani jaan chhaag le lagi puri yaar kominon par kar tu khamir jaa पड़े जरूर पत्नी